नमस्ते और वापस स्वागत है पॉइंटर और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के दो पार्ट के व्याख्यानों का यह सेकंड पार्ट है यहाँ हम पहले से ही अध्ययन किया गए कुछ प्रासंगिक विषयों को संक्षिप्त में रिकेप देखते हैं हमने C++ लैंग्वेज में वेरिएबल्स और पॉइंटर टू वेरिएबल्स को देखा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और कंटेंट ऑफ ऑपरेटर के यूज को देखा हमने देखा कि किस तरह मेमोरी को स्टैक सेगमेंट में साथ ही डेटा सेगमेंट और हीप में एलोकेट किया जा सकता है पिछले लेक्चर में हमने सी में न्यू कंस्ट्रक्ट को देखा था जो की हमें डेटा सेगमेंट और हीप में मेमरी को डायनामिकली एलोकेट करने की अनुमति देता है इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं किस तरह एलोकेट मेमरी फंक्शन कॉल में प्रसिस्ट करती है और इसलिए हमें डायनिकली एलोकेटेड मेमोरी को एक्सप्लिसिटली डी करने की आवश्यकता होती है और हम देखेंगे कुछ अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को जब हम डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी को डी करते हैं चलो सिंपल फंक्शन से शुरू करते हैं इस फंक्शन में मैं बेसिकली निश्चित नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के क्विज के मार्क्स को रीड करना चाहता हूँ और फिर मैं इन पर कुछ कंप्यूटेशन करना चाहता हूँ जैसे कि मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स को फाइंड करना तो इस फंक्शन में मेरे पास यह इंटीजर वेरिएबल है नम स्टूडेंट्स मैं क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पूछता हूं और उस नंबर को नम स्टूडेंट्स में रीड करता हूं। फिर मैं सभी स्टूडेंट्स के क्विज मार्क्स के लिए और मैं इस रीड क्विज मार्क्स फंक्शन को कॉल करता हूं जो की नम स्टूडेंट्स को पैरामीटर के रूप में लेता है क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मैं इस फंक्शन से क्या करने की अपेक्षा रखता हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रूप में सेम साइज का इंटीजर एरे को डायनामिकली एलोकेट करे सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को उस एरे में रीड करें और मेन में इंटीजर्स के उस एरे में फर्स्ट एलिमेंट का पॉइंटर रिटर्न करें तो क्यूँ मार्क्स इंटीजर के लिए पॉइंटर होगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं वह रीड क्विज मार्क्स इंटीजर नंबर को लेता है और ये इंटीजर के लिए पॉइंटर को रिटर्न करता है ये रीड क्विज मार्क्स फंक्शन किस तरह दिख सकता है यहाँ पर रीड क्विज मार्क्स का सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है प्रीकंडीशन के रूप में मेरे पास एन ग्रेटर दैन जीरो है पोस्ट कंडीशन के रूप में मैं गारंटी लेता हूं कि स्टूडेंट्स के मार्क्स डायनामिकली एलोकेटेड एरे जो कि रिटर्न होने वाला है रीड क्विज मार्क्स के अंदर मैंने एन साइज के एरे को डायनामिकली एलोकेट किया है और फिर यदि डायनामिक एलोकेशन फ़ेल हो जाता है मैं नल रिटर्न करता हूं। तो नोट करें कि इसे मैं अपने पोस्ट कंडीशन के पार्ट के रूप में रख सकता हूँ यदि डायनामिक एलोकेशन फ़ेल हो जाता है तो हम नल रिटर्न करने जा रहे हैं मैंने यहाँ सिर्फ स्पेस बचाने के लिए यह नहीं किया है परंतु अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस में आप अवश्य इस पार्ट को पोस्ट कंडीशन के रूप में दर्शाएं और यदि डायनामिक एलोकेशन सफल होता है फिर मैं सिर्फ़ इस फॉर लूप से आइटरेट हो जाऊँगा सभी मार्क्स को रीड करें और उनको मार्क्स एरे में स्टोर करें और फाइनली मार्क्स रिटर्न करें मार्क्स क्या कंटेन करने जा रहा है यह बेसिकली इस डायनामिकली एलोकेटेड एरे में फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को रखने जा रहा है तो ये मेन फंक्शन को रिटर्न होने जा रहा है चलो देखते हैं कि जैसे ही हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं मेमोरी लेआउट किस तरह दिखता है तो ये मेरे पास मेन मेमोरी में स्टैक सेगमेंट और डेटा सेगमेंट है यहाँ मेन फंक्शन है और जब ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मेन फंक्शन को कॉल किया जाता है मेन फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक सेगमेंट में कॉल स्टैक में होगा इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में मेन फंक्शन के प्रत्येक लोकल वेरिएबल उपस्थित होंगे वह एक्टिवेशन रिकॉर्ड में स्पेस एलोकेट करेंगे और चलो ये कहते हैं कि हमने नम स्टूडेंट्स में वैल्यू को रीड कर लिया है और ये टू है क्स की वैल्यू अभी भी अनइनिशियलाइज्ड है तो मैंने यहाँ पर कुछ भी दर्शाया नहीं है क्यू बेसिकली कुछ गार्बेज वैल्यू को रखता है अब और फिर मैं जाता हूँ और इस फंक्शन रीड क्विज मार्क्स को इन्वोक करता हूँ क्या होने जा रहा है यहाँ पर पैरामीटर नम स्टूडेंट्स है जो कि 2 है तो जब मैं रीड क्विज मार्क्स को कॉल करता हूँ टॉप तो से से तो पर पुश किया गया है और रीड क्विज मार्क्स एक्टिवेशन रिकॉर्ड में मेरे पास फॉर्मल पैरामीटर एन के लिए स्पेस है जिसकी वैल्यू बेशक टू है ये नम स्टूडेंट्स की वैल्यू है मेरे पास मार्क्स के लिए भी स्पेस है और मेरे पास आई के लिए भी स्पेस होना चाहिए परंतु मैंने उसे यहाँ नहीं दर्शाया है जिससे कि डायग्राम सिंपल रहे अब जब मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूँ मैं एन साइज के एरे को डायनामिकली एलोकेट करता हूँ जो कि टू है और ये एरे डेटा सेगमेंट में एलोकेट होगा हमने ये पिछले लेक्चर में देखा था ये प्रत्येक इंटीजियर को शॉर्ट करने के लिए एलोकेटेड फोर बाइट के सेट की फर्स्ट बाइट का एड्रेस है तो हेक्स फोर से हेक्स फोर का फर्स्ट एलिमेंट स्टोर करता है और हेक्स 404 से हेक्स 407 जीरो का सेकंड एलिमेंट स्टोर करता है और मैं इस असाइनमेंट को एग्जीक्यूट करने के परिणाम स्वरूप फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को मार्क्स के लिए एरे में कॉपी करता हूं तो लूप में चलो कहते हैं कि मैंने ये दो इंटीजर मार्क्स को टेन और फिफ्टीन से रीड किया है और फाइनली जब मैं मार्क्स रिटर्न करता हूँ मैं क्या कर रहा हूं? मैं बेसिकली कह रहा हूं कि हेक्स फोर जीरो जीरो की वैल्यू को मेन फंक्शन में रिटर्न हो जाना चाहिए था और रीड क्विज मार्क्स का एक्टिवेशन रिकॉर्ड को कॉल करना चाहिए और मेन फंक्शन में क्योंकि रीड क्विज मार्क्स द्वारा रिटर्न वैल्यू क्यू मार्क्स में असाइन होती है तो क्यू मार्क्स को हेक्स फोर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी नोट करें की दो अरे एलिमेंट्स जो की डेटा सेगमेंट में एलोकेटेड है वह वही रहेंगे परंतु मैं अब उन्हें मार्क्स जीरो मार्क्स वन की तरह कॉल नहीं कर सकता क्योंकि मैं उससे बाहर आ चुका हूँ मैं रीड क्विजमार्क्स फंक्शन से रिटर्न हो चुका हूँ जिसमें और लोकल एरे के एलिमेंट हैं। अब मैं इस फंक्शन से बाहर आ चुका हूँ तो मैं इन्हें मार्क्स जीरो और मार्क्स वन यूज करके कॉल नहीं कर सकता तो यद्यपि रीड क्विजमार्क्स का एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक सेगमेंट में अस्तित्वहीन है उस फंक्शन में जो मेमोरी डायनामिकली एलोकेटेड है अभी भी बनी हुई है और इंटरेस्टिंगली मेन फंक्शन के पास इस डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी का एड्रेस होता है तो ये इस मेमोरी को एक्सेस कर सकता है मेन मेमोरी इस मेमोरी को एक्सेस करके क्या कर सकता है यहाँ ये कई तरह की चीजें कर सकता है यदि आप इस कोड से रीड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये कुछ सैनिटी चेक कर रहा है और फिर ये बेसिकली मार्क्स के मिनिमम और मैक्सिमम को कैलकुलेट कर रहा है परंतु अब सवाल यहाँ है कि क्योंकि रीड क्विज मार्क्स इन दो डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी को फ्री किए बिना ही रिटर्न हो चुका है कब ये मेमोरी फ्री या डी हो जाती है अब C++ में मेमोरी जो कि फंक्शन द्वारा डायनामिकली एलोकेटेड थी जब फंक्शन रिटर्न होता है तो वह अपने आप ही डी या फ्री नहीं हो सकती तो या तो आप डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी को एक्सप्लेसिटली डियालोकेट करें जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता ये सब डेटा सेगमेंट के आसपास ही होते हैं और ये मेमोरी का दुरुपयोग हो सकता है चलो देखते हैं ये कितना व्यर्थ हो सकता है इसको इलस्ट्रेट करें तो ये हमारे रीड क्रेजमार्क्स फंक्शन का मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें मैं ऑल्टरनेट रीड क्वेजमार्क्स को कॉल कर रहा हूँ पहले के फंक्शन से अंतर को यहाँ पर ब्राउन से हाईलाइट किया है मेरे पास न्यू इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल है जिसे टेम्प कहते हैं जिसे मैं एन साइज के नए डायनामिकली एलोकेटेड इंटीजर एरे का एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज कर रहा हूँ यहाँ पर सैनिटी चेक है ये चेक करने के लिए कि नया फंक्शन वास्तव में सफल रहा और इस लूप में जिसमे मैंने मार्क्स रीड किए हैं मैं प्रत्येक मार्क्स में टेन को भी जोड़ रहा हूँ और इसे इस टेम्प एरे में स्टोर कर रहा हूँ जो की डायनामिकली एलोकेटेड एरे है और फिर मैं temp के साथ कुछ कम्प्यूटेशन करने जा रहा हूँ और फाइनली मार्क्स को रिटर्न करता हूँ इस केस में मेमोरी लेआउट कैसा दिखेगा तो बेशक मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड ये है और ये मेन के दो लोकल वेरिएबल्स हैं ऑल ट्रीड क्विज मार्क्स का एक्टिवेशन रिकॉर्ड फॉर्मल पैरामीटर n के लिए स्पेस कंटेन करेगा मार्क्स और temp के लिए स्पेस जो कि एड्रेस स्टोर करने जा रहा है और साथ ही i के लिए स्पेस जिसे मैंने यहाँ नहीं दर्शाया है जिससे कि डायग्राम सिंपल रहे और चलो कहते हैं कि हमने इस फॉर लूप के अंदर मार्क्स जीरो और मार्क्स वन के लिए टेन और फिफ्टीन वैल्यू को रीड किया है इन सब में टेन जोड़ा जाता है तो टेम्प में टेम्प जीरो स्टोर होगी अब जब मैं रिटर्न मार्क्स को एग्जीक्यूट करता हूँ क्या होता है ऑल ट्रीड क्विज मार्क्स का एक्टिवेशन रिकॉर्ड खत्म हो जाता है परंतु ये दो एरेज जो की एलोकेटेड है वह डेटा सेगमेंट में बचे रहेंगे परंतु मैं फंक्शन में क्या करने जा रहा हूँ मैं एक्चुअली उस एड्रेस पर जिसे मैं Q मार्क्स से एक्सेस कर सकता हूँ केवल इंटीजर्स को यूज़ करने जा रहा हूँ तो बेसिकली मैं एक्सेस कर सकता हूँ सिर्फ इस इंटीजर्स के एरे को जिसमें मार्क्स कंटेन हो और इसलिए मैं सिर्फ इस एरे को यूज़ कर रहा हूँ और इस एरे को यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो एरे टेम्प का मेन में कोई यूज़ नहीं है परंतु यह हीट में बचा होता है और इसी कारण हम मेन मेमोरी स्पेस को बर्बाद कर देते हैं तो इस कारण हमें डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी को डीएलोकेट करने की आवश्यकता होती है और सी प्लस प्लस इसके लिए स्पेशल कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड करता है यदि आपने सिंगल वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट की है इसी तरह हम इसे पिछले लेक्चर में अध्ययन कर चुके हैं फिर आप सिंपल डिलीट और पॉइंटर टाइप वेरिएबल का नेम जो कि डायनामिकली एलोकेटेड वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है के द्वारा मेमोरी को डी एलोकेट कर सकते हैं और यदि आपने एरे को इस तरह डायनामिकली एलोकेट किया है आप इसी तरह एरे को डी एलोकेट भी कर सकते हैं सिवाय इसके कि ये दो स्क्वेर ब्रैकेट्स जो कि कंप्यूटर को ये इंडिकेट करते हैं कि आप पूरे एरे को जिसे आपने डायनामिकली एलोकेट किया था डी कर रहे हैं तो यूजेस के थोड़े से अंतर को नोट करें हम स्क्वेयर ब्रैकेट्स का यूज ये कहने के लिए करते हैं कि मैं पूरे एरे को डिलीट कर रहा हूँ अन्यथा की जो यूज करेंगे वह डिलीट है एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस जब आप डी करते हैं आपको हमेशा जब आपको इसका आगे का यूज नहीं है तो डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी स्पेस को डियालोकेट करना चाहिए परंतु आपको उस एड्रेस में मेमोरी को डियालोकेट करने से पहले एड्रेस के वैलिडिटी के लिए भी चेक करना चाहिए तो बजाय इसके कि डिलीट माय एरे कहें आपको चेक करना चाहिए कि माय एरे नल के बराबर ना हो और सिर्फ तब ही माए एरे को डिलीट करें क्योंकि नल सेट से मेमोरी को डियालोकेट करें फिर आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा नल एड्रेस या जीरो एड्रेस याद रखें कि हर प्रोसेस की मेमोरी स्पेस के बाहर है तो यहाँ है किस तरह आप ऑल ट्रीड क्विज मार्क्स में डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी को डी करते हैं चेक करें कि टैंप नल के बराबर नहीं है और इसे डिलीट कर दें नोट करें कि जिस समय हम इस फंक्शन में इस पॉइंट पर पहुंचते हैं हम जानते हैं कि टैंप नल के बराबर नहीं है परंतु फिर भी मैं इंसिस्ट करूँगा डिलीट करने से पहले आप हमेशा चेक करें कि टैंप नल के बराबर नहीं है यह अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है जो कि डायनामिक एलोकेटेड एरे टेम्प को अलग कर देगा और जब आप मेन फंक्शन में वापस आते हैं आपके पास डायनामिक एलोकेटेड मेमोरी का केवल वही पार्ट बचा होता है जिसकी आपको जरूरत है और अब यह मेन की जिम्मेदारी है कि एलोकेटेड एलोकेटेड मेमोरी को करे। ये के अंदर था परंतु क्योंकि इससे कीट नहीं किया था अब मेन को इसे डी करना चाहिए और इस तरह मेन उस मेमोरी को डी करता है तो सारांश में हमने देखा फंक्शन कॉल के दौरान डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी का परसिस्टेंस हमने डायनामिक एलोकेटेड मेमरी के एक्सप्लेसिड डी की जरूरत को देखा हमने इसे करने में मदद करने वाले डिलीट कंस्ट्रक्ट को देखा और हमने डायनामिक मेमोरी को डीएलोकेट करने के लिए कुछ अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को भी देखा धन्यवाद